अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आपको यहाँ पर गुड़िया ड्रेकुला और ड्रैगन दिखाई दे रही हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए, चौवन ऑप्शन बी बावन ऑप्शन सी सताईस या ऑप्शन डी पचास आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए